har ghar tiranga har ghar tiranga har ghar tiranga har ghar tiranga है नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है गर्व है इस तिरंगे पर सारे चाह को ये दिखाएंगे अमृत अमृतकाल मनाएंगे घर घर तिरंगा लहराएंगे हर घर तिरंगा हर घर तिरंगा nego trevanda रंग है क्या ये रंग मेरी शक्ति का है ये रंग मेरी ताकत का है ये रंग देश के माथे पे बातें श्वेत है क्या रंग सत्य का ये श्वेत रंग शादी का है ये श्वेत रंग एक है ये रंग देश के दिल में है बसा रंग हरा तो खुशहाली का सुनो से है ये बना तिरंगा हमारा A of a pair delhi